Do I want some interesting video? Subscribe to channel Technical Me, never miss any update. Bye. Hello friends, मैं आज आप लोग तो के सामने एक मोटर लेकर आया हूँ वो मोटर आप लोग घर में कैसे रिपेयरिंग करेंगे तो आप लोग इस वीडियो देखेंगे तो आप लोग पूरा सीख जाएंगे मोटर कैसी खुलकर और कैसी फिटिंग करेंगे देखिए मेरा मोटर खुला है अब मैंने खोल कर रखा है तो मैं खोल कर भी दिखाऊंगी और इसको लगाकर भी दिखाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो तो आसानी सीख जाएंगे इस मोटर का रिपेयरिंग कैसे करें तो इस मोटर का कनेक्शन काट गए थे इसकी जो कपड़ था इसका कपड़ में कनेक्शन कट दी थी इसलिए मैं मोटर का पूरा खोल दिया खोलने के बाद इसको मीटर से एक मल्टी से इसको चेक किया चेक करने के बाद एक पेड़ में करेंट एक कर एक पे करंट आती है दो दो टाइप कर में करेंट आती है और एक टाइम पैप में नहीं आती है इसीलिए इसे खोल इस कर कर मैंने इसको काट कर इसे देखकर पूरा अच्छे से देखकर इसको इसे अंदर में कनेक्शन जोड़ करके कर बाद कर कर। में मीटर से लगाया तो ठीक आराम से हो गई और कनेक्ट हो गई है तो अब तीनों पॉइंट में मीटर से करंट आती है तो आप लोग इसी मोटर से वाटर पंप मोटर से आप लोग आसानी घर में से खिंच कोई अपनों को टाउन में मेरे मटर है देखिए 120 एंड देखिए ये मटर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 ये तो कर देगी, देगी।, देगी।, देगी।, देगी।